हूं डॉक्टर फिजाक बर खान सिलेक्टेड सिलेक्टेड मैं हूं पाकिस्तान रिजेक्टेडेड आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे उससे पहले ज़रा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे यानी टू डेकेट्स पूरी नहीं हुई थी तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हज़म नहीं कर पा रहा था भारत की आँखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान को मैली आँख से देखने की कोशिश की और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी भारत ना सिर्फ रकमे में बड़ा मुल्क था बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था भारत के पास पैसे थे भारत के पास बजट था लेकिन हमारी फ़ौजियों की तादाद बेशक कम थी हमारा हमारा बजट कम था हमारा इक्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया Are you comedy me? Yeah! हमारे जो पायलट्स हैं उनका जिक्र आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं वहाँ पर होता रहा है और आज तक होता रहा है और ये बात बड़ा जिक्र की जाती है बड़ा बताया जाता है इस बारे में लोग बड़ा काबिल फख्र समझते हैं इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए की पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स है पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा सलाहियत है उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी महारत बहुत ज़्यादा है और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर दो दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर एकुपमेंट भी इतना ज्यादा नहीं था उनके पास पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था बजट भी इतना ज्यादा नहीं था फौजियों की तादाद भी इतना ज्यादा नहीं थी लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई है महारत कहाँ से जज्बा कहाँ से आया तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहां पे हमारे जो जितने जितने भी फोर्स के जितने भी के हमारे हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, किया, ये जज्बा चिटाई है ये ईमान का जज्बा है और अली, अली अब्दुल देश कौन सा है तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान ये कहा है लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे दो दफ़ा लाहौर तक आए ये तो हमारी भी हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो दो दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है उन्नीस सौ के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है यही बासठ के बासठ के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है हारा हुआ है यही मौका है किस पर हमला करने का भारत में फिर से होगा गजवाए हिंद आओ, गजवाए हिंद गये तो करते हैं अजब हाल है ए, भारत पर क्या किया जाए आक्रमण किया जाए और पैंसठ में भारत में पड़ गया सूखा यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा और बासठ की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे सेना का मनोबल एकदम टूटा था पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला यहाँ पर घुस गया अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब बलवंत गुजरात के मुख्यमंत्री थे मार के गिरा दिया सब ये बहुत बहुत बवाल हुआ यहाँ पर लेकिन कच्छ का खाली एरिया है इसमें वो घुसे सब भारतीय सेना बिछा दिया उन लोग मरग से पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था धड़ धड़ धड़ मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रन में उन्नीस की लड़ाई में अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब याद रखिये बाबू पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे आगजनी करते थे बवाल मचाते थे ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है। और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है युद्ध करना चाह रहा है उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया क्या चालू किया ऑपरेशन जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी बासठ का युद्ध खत्म भी नहीं मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के कारण भारत पाकि युद्ध था भारत चीन युद्ध सब जिम्मेदारी यही थे तो दूसरे कौन बोली सुनेगा ढेर होशियार बनेंगे गुट निरपेक्ष रहेंगे एयर फोर्स का यूज ना करेंगे 20 साल जरूरत है तो से साल बोलेंगे समझ नहीं संजय भाई जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत में क्या रेडी हो गए नहीं समझे आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाक यहाँ पर कश्मीर लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे प्रधानमंत्री उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात पाकिस्तान के पास कई फायदे थे साइड में मारता था भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सिकिंग विंडर मिसाइलें थी मार देती थी जहाज की इंजन सुन के अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता अगर गर्मी है मतलब जहाज का ने और उसी को हीट सीकिंग थी, वेंडर मार देती थी पाकिस्तान को सबसे खतरनाक टैंक एशिया में था। को पैटन था। का सब भारत के सामने सब समस्या हारे थे भारत में नेतृत्व की कमी थी लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से अचानक आए ना लाल मृत्यु जवाहरलाल नेहरू की सूखा पड़ा हुआ था पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी पाकिस्तान ने देखा यही मौका है पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया कोई फायदा नहीं हुआ कश्मीर में बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया लेकिन तो यहां पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई जहाज लगी थी और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है बंदूक में क्या मशीन गन लगा है। जहाज को तेरा करना पड़ेगा इसे करके मारना। हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज। नहीं था सर उस तो तो अभी भी नहीं आया रेडी नहीं हुआ अभी आ रहा है क्या बात करते वेंडर मिसाइलें थी मार देती थी धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे डर के मारे हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नाट विमान था नॉट विमान था उसके पास सेवरजेट स्टार फाइटर सेवरजेट उस समय का सबसे उन्नत जहाज और उसमें हिट सिकिंग मिसाइल वेंडर मिसाइलें लगी थी हमारी जहाज मार के गिरा दिया उड़ने नहीं दिया हा तो, तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए तब क्या किया जाएगा तो भारतीय सैनिक भी कहा जुगाड़ लगाया इसने कहा एक काम करते हैं पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं इन्होंने क्या किया अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया बहुत ही हाइट पर उड़ाया किसको नाट विमानों को ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए इन घोचुओं को समझ में नहीं आया नाट विमान किसके पकड़ में आ गया रडार में और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ नाट विमान के खिलाफ अब नाट विमान कमजोर थे ये सेव स्टार विमान थे इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए हमारे पास मिसाइलें नहीं हमारे पास क्या था मशीन गन मशीन गन लग रही तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है।, है।, है तो घूमे के मारेंगे इसे मार देगा पीछे एयरफोर्स तो तो ने नॉट विमानों को क्या किया ऊपर भेजा इनको था की तुम भागाना रडार में ये पकड़ा गया चल गए नीचे से भारत ने बाकी के दस नॉर्ट विमान को नीचे से उड़ा दिया ये रडार में आई नहीं किया इन घोचुओं को पते नहीं है ये मारने गया सब उसको मारने गए चल गया सब हाइट से इधर से ले आइए इधर से क्या हो गया सब भाग गया सब आई इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय मारो हिंद अरे ससुरा गजवा हिंद तुम्हे बाप आ रहा है <laughs> <laughs> भारतीय सेना वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान नहीं भरेगा इसे कहते है, क्या होता है और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमिटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रहे उसको स्टार विमान नाट विमान यही होते रहेगा अब समस्या समझिए उस चोटो के पास बहुत दुविधा थी अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे मार देगा और उड़ान भर रहा है तो यह घेर मारेगा जाओगे कहां सबसे इतना ही दोनों हाथ में आगे खाई पीछे कुआ मरोगे यहाँ पे एयर फोर्स उसकी चौपट हो गई और इतना बेहतर शुरुआत में हमारी एयरफोर्स -लड़ा बहुत मॉडर्न जहाज है अमरीका का ही दिया है सेवर जेट भी किसका दिया था अमेरिका का स्टार विमान भी किसने दिया था अमेरिका ने हिट सी की मिसाइल अमेरिका वेंडर मिसाइल अमेरिका धो दिया यहाँ पर एपसोला अभिनंदन लेके गए थे इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते दुनिया का सबसे पुराना जहाज़ है गया इसका पेंट इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती डबल इंजन रहता तब दूसरा विमान भी है उन्नीस सौ अस्सी का आपके पास उन्नीस सौ अस्सी का मोटरसाइकिल क्या हाल होगा लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया और किसको मारने के लिए हम <laughs> मारियो दिया उसको वो तो सरकार के ना मार दिया यहाँ पर और दूसरी बात वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे हिम्मत देखिए उन सबके पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए दौड़ा दिए वहां पर अरे वो तो गलती हो गया ना सुखैया पीछे था सुखोई 30 थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता तो पैंसठ के युद्ध में एयर फोर्स ने क्या कर दिया धावा बोल दिया और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही अरे भाई एयर फोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि अब टेंशन मतलब उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई <laughs> लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था वहां यह हकीकत है अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा अवैध घंटा दबाने को बोल रहे